हेलो गाइस आज फिर से एक नया वीडियो लेके आया हूँ जो कि आपको मैजिक पिटारा से ही मिलेगा उम्मीद करता हूँ पिछले वीडियो जो आप लोगों ने देखा है काफी लोगों ने ऐसा रहा भी है और मुझे बेहद खुशी हुई कि आप लोगों ने जो मेरे वीडियो देख के आप लोगों ने जितना भी प्यार दिखाया मेरे लिए बहुत बड़ी बात तो आज वैसे भी मैं आप और एक वीडियो लेके आया हूँ जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा <laughs> तो गाइज आईफोन्स मुझे भी पसंद है सबको पसंद है और इसीलिए आज उसी को लेके एक नया ट्रिक है एकदम ब्रैंड न्यू आईफोन 11 मैं आप लोगों के सामने लेके आऊंगा <laughs> एक, एक मिनट में पहले लाइट ऑन कर लेता हूं उसके लिए आ, हमको चाहिए एक पेन एक ब्लैंक पेपर इससे काम बन जाएंगे ओरिजिनल कैन नॉट इवन इमेज मैन सिर्फ आपका एक पुराना फोन चाहिए ये पुराना फोन मेरा है वो भी टूटा हुआ है, इसको मैं आई फोन में कन्वर्ट go. Nice. तो सबसे पहले तो इसमें draw करना है अच्छा से draw करेंगे तो बढ़िया होगा मेरा actually problem हो रहा है कि एक हाथ में कैमरा है तो इसीलिए मुझे प्रॉब्लम हो रहा है आपको जो भी मोबाइल चाहिए जो भी फोन चाहिए उसके हिसाब से ही आपको बनाना है ठीक है मुझे इलेवन चाहिए तो यहां पे दो कैमरा जरूर होना चाहिए यहां पे एक सेंसर बस ये हो गया मेरा आईफोन फोन इलेवन और सॉरी सबसे इम्पोर्टेंट बात तो मैं भूल गया चलिए यहाँ पे एप्पल का भी लोगो चाहिए होगा तो मैं यहाँ पे एप्पल का लोगो बनाऊंगा ठीक है एप्पल तो ज्यादा खूबसूरत नहीं हुआ फिर भी चलो कोई बात नहीं इससे काम बन जाएगा इम्पॉर्टेंट काम तो हो चुका है चलिए अभी मैं आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ दिखाऊँगा लेट्स मूव ये जो मैंने ड्रॉ किए हैं इसको मैं अभी आई 11 इलेवन में निकाल लूँगा यहाँ से ठीक है तो ये मोबाइल जो है मैं यहाँ पे फेंकने वाला हूँ जोर से पटक दूँगा तो आई 11 निकल के आ जाएगा दिल थाम के बैठो यार ए फ्यू मोमेंट्स लिया वन टू थ्री गोमें सो थैंक यू गाइज वीडियो कंप्लीट देखने के लिए कौन है रुक कहा से आते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद अगला वीडियो बहुत जल्दी ला रहा हूँ शेयर सब्सक्राइब लाइक कॉमेंट एनीथिंग यू कैन डू दे में जरूर मिलेंगे. मैं जय हिंद, हिंदे मात्र में जो है खत्म बाय बाय टाटा गुड बाय गया